मैं किस्मत खोटे ज्ञान गड़वी गोतणी मारे रे किस्मत को ज्ञान गड़वी गोतणी मारे रे किस्मत खोटी <laughs> किस्मत खोटे ज्ञान गलवी गौतनी मारे दाहे किस्मत खोटे ज्ञान गलवी गोतणी मारे छोड़ तू सीटी लॉकडाउन की छुट्टी के बाद स्कूल की एक महीने वाली छुट्टी कब पड़ेगी बताइए कुछ तो शर्म कर इतनी छुट्टी कम है क्या भूतनी के <laughs>